नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है जैसे अभी काफ़ी दिनों के बाद हमने अपना ड्रोन निकाला है और इसको मैं जैसे चला रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैं जैसे चला रहा हूं तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है किसी और के पास भी ये Dji का टेल हो ड्रोन हो और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो हम आज के वीडियो में देखेंगे उस प्रॉब्लम को आखिर कैसे सॉर्ट आउट करें तो सबसे सब पहले मैं आपको जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं वो दिखा देता हूं तो मैं पहले बैटरी इंसर्ट करता हूँ इसमें और अब हम इसको एक बार फ्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो अभी हम इसको अपने ड्रोन को यहाँ पर ऑन करेंगे ऑन करने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल के वाईफाई से तो यहाँ ये अब ये देखिए कनेक्ट हो गया तो मैं अब इसको टेक ऑफ कराने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसे कर रहा है ये यह यहाँ पे टेक ऑफ तो ये देखिए कुछ ऐसे कर रहा है ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले मैं बैटरी निकाल देता हूँ तो अभी हाल फिलहाल जो मेरे प्रोपेलर्स का प्लेसमेंट है वो देखिए आप एक बार तो ये जो है ना प्रोपेलर्स में देखिए दो टाइप के प्रोपेलर हैं एक ये जिन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्क हैं और दूसरे टाइप के प्रोपेलर हैं ये जो प्लेन वाले हैं तो अब इनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए कि जो ये वाले प्रोपेलर हैं जिन पे कि मार्क हैं ये अभी मैंने दोनों फ्रंट साइड में प्लेस कर रखे हैं जो कि गलत है होना क्या चाहिए जो एक तो ये कैमरा है वो तो एक प्रोपेलर तो कैमरे के लेफ्ट साइड वाले फ्रंट पर होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए जो बैक साइड के राइट वाले पे होना चाहिए तो चलिए इसकी जो प्लेसमेंट है उसको सही कर देते हैं तो इसके लिए मैं ये जो प्रोपेलर रिमूवल टूल है ये यूज़ करूँगा अब मेरे को तो सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस करना है इसको यहाँ पे तो ये दोनों ये यह देखो यहाँ तो पहले से ही है इस साइड तो यहाँ से डायगनोल बन जाएगा तो मैं यहाँ से इस प्रोपेलर को रिमूव करूँगा यहाँ से इसको भी रिमूव करूँगा अब ये वाला जो प्रोपेलर है इसको मैं इस वाले प्रोपेलर के इस वाले प्रोपेलर के यहाँ डायगोनल में यहाँ पे लगा दूंगा। नेक्स्ट ये दूसरा जो प्लेन वाला प्रोपेलर है इसको इस साइड लगा दूंगा। तो ये करेक्ट प्लेसमेंट है इस समय प्रोपेलर का तो एक जो ये स्पेशल मार्क वाला है ये इस साइड है और एक इस साइड है और बाकी दो प्लेन इस साइड हैं। तो अब मैं इसमें बैटरी इंसेट करता हूँ तो मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये कनेक्ट हो गया चलिए उड़ा के देखते हैं। तो ये देखिए अभी इस समय फ्लाई कर रहा है तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी टेलर ड्रोन की जो मैंने फेस करी क्योंकि मैंने इसके प्रो चेंज कर दिए थे गलत प्लेस कर दिए थे तो इसलिए सोचा एक वीडियो बना के और किसी की भी हेल्प हो जाएगी अगर आपने भी ऐसा कुछ प्लेसमेंट का किया है और जिसके बाद से आपका ड्रोन उड़ नहीं पा रहा है तो कृपया एक बार आप अपने जो ये प्रोपेलर्स हैं इनका प्लेसमेंट सही से, से चेक कर लेवें और इनको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से प्लेस कर देवें तो अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके कर जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार